आजकल की जनरेशन मारते लेकिन यार अंकल आंटी की जनरेशन से कितनी तो नहीं है वो ऐसे काम कर <laughs> निकल तो ग्यारह बजे निकली मैं। डी मॉल है वो। उसी में ये ये ये के साथ। ये वाला साथ पैसे।, पैसे। ये दुख खतम नहीं होता बे। विशाल। जीता जाता विशाल। और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने सिर्फ हम लोग क्योंकि हमारे दोस्तों ने देख लिया देख लिया नहीं ना? नहीं <laughs> हम पे टाइम नहीं था टाइम नहीं था पहले अपनी फैमिली के साथ जाना था फिर उनके साथ भी नहीं गया फिर हम दोनों का अपना ये क्या हो रहा <laughs> है इतनी रहे थे चलते हैं मूवी मूवी देखते हैं ये टाइम पे हाँ पाँच मिनट रह गए लोग अभी भी टिकट ले रहे हैं देखो लेकिन हम एडवांस है तो हमने ले रखी है अपने यहाँ चलो ठीक है मूवी अच्छी रन वे और मैंने वो सुनी थी किसकी आई है वो वो कौन सा ही जॉन जॉनी क्या बोला था कितना पानी पिएगा फिर जाएगा वॉशरूम जाने को <laughs> सिर्फ हम दो नहीं मूवी देखने आएंगे विशाल यस yes. पूरा हॉल हमने बुक कर लिया <laughs> <laughs> बिल्कुल ही पीछे की तूने <laughs> यही वाली है सेवन है ला लाला हम हम दोनों दोनों पहुंचे हैं और और कोई भी नहीं आया कहां में में मेट्रो लग रहा था हम दोनों लेट <laughs> रख के तो बोलू मेरे आवाज थोड़ी क्लियर आएगी तन्नारी नारे, नारे, नारे, नारे, नारे, नारे, नारे, नारे, नारे ज़ोर से माल। कुछ थे थे तो से तो खुद ये सिगरेट या पीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा यारिजा की क्रेविंग ज्यादा हो रही है सुबह ऐसी कुछ नहीं खाया हुआ और हमारे चीज़। लोगों को बहुत ज्यादा विशाल को सबसे ज्यादा भूख लग गई यार क्या चल रहे को शांति मुझे तो मजा आया रिव्यू तो पहले <laughs> मुझे तो हंसी और आ रही है मूवी से ज्यादा जो अंकल आंटी ने मुझे दिलाए ना हमें साइड साइड के वाली <laughs> मैंने क्लिप डाली हुई जो रोक कर गई इतने मजेदार वाह वा वा। सामने वाली मूवी से ज्यादा मैं साइड वाली मूवी में मजा आ रहा था क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है आजकल की जनरेशन हम मानते लेकिन यार अंकल आंटी की जनरेशन से कितनी है है वो वो ऐसे काम करते। वो काल <laughs> दिखे, नहीं नहीं मेरे को पहले निकल गए ना उन्हें शक हो गया की हम पे ही हंस रहे हैं ना हो सकता है इसलिए वो पहले ही निकल गए <laughs> तो हेलमेट क्या था बोला <laughs> कुछ भी नहीं बना <laughs> ना तो इसमेंट ना इसमें लाइसेंस और ना क्या होते हैं ना आरसी ना, ना बाइक के जो भी कागज वगैरह थे कुछ भी नहीं और बाइक ले घूम रहा है है मास्क मास्क मास्क मास्क भी नहीं मास्क। ओ, मेरा गया <laughs> चलो तो अब इसकी गाड़ी नहीं इसकी बाइक <laughs> तो इसकी बाइक हो चुकी है जब्त और इसको मिलेगी कितने दिनों बाद ई रिक्शा बैठे हम ऑफिस जाते थे तब बैठते थे रहते पता नहीं बता रहे थे क्या पता नहीं न्यूज़ आपको मूवी मूवी एक्सपीरियंस कैसा टिकट बोलना कुछ ना। <laughs> ना। <laughs> <भी> लगी अच्छी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> वो तो तो ये ये मोशन कर है है बातें आज मेरा छोटा सा व्लॉग बनेगा मेरा पर ठीक है पाँच सात पाँच पाँच मिनट का ही बंदा है नाकल का थोड़ा कम ही अंकल का था ही गया कुछ भी नहीं लिया मैंने बोला है। कभी मेरे मैं को डांट देते हुए अभी हम दोनों घर जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऑफिस का टाइम भी है कितना साढ़े चार पुरानी घड़ी को क्या होगा टाइम उल्टा दिखा रहा है कितने मिनट रह गए हमारे एक घंटे बाद हमारी दोनों की शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है तो अभी हम घर जा रहे हैं और खा पीने से हमारे पिज्जा खाने से ही पेट भर लेगा हम कुछ खा पीने रहे हैं सर इस व्लॉग को अब यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि घर जाके मेरे पास कुछ होगा दिखाने के लिए आज सिर्फ विशाल और मेरा ब्लॉग था जो कि चार पाँच मिनट का चला हो पता नहीं कितने मिनट का है तो इस लॉक को अब यहीं ख़त्म कर रहे हैं मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में पाई पाई ठीक है फिर बैग बाय लड़कों की तरह कर <laughs> और एक चीज तो बोलना ही अगर ये वीडियो पसंद तो इस वीडियो को को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल ठीक है कुछ कुछ कुछ और और तो तो नहीं नहीं है मिलते हैं बाय बाय।